नमस्कार दोस्तों हमारा आज का विषय है अशांत मन कभी आपने सोचा है कि हमारा मन अशांत और विचलित क्यों हो जाता है क्यों हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा या नाराज होने लगते हैं हमारा मन अशांत रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं कभी हम परिवार की समस्याएं या बच्चों की परीक्षा या अपने बिजनेस को लेकर परेशान रहते हैं वह समस्या जो कभी शायद हमारी जिंदगी में आएगी ही नहीं उसके बारे में सोच सोच के मन को अशांत करते रहते हैं आज के युवा पीढ़ी का मन अशांत रहने का एक बड़ा कारण यह भी है कि यदि जीवन में कुछ ना कर पाए तो क्या होगा जिन लोगों को अपने जीवन से शिकायतें हैं जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है या अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है आइए आपको एक राजा की कहानी सुनाते हैं जिसका मन भी अशांत रहता था जानिए उसने ऐसा क्या किया किया जिसकी वजह से उसके मन को शांति मिली राजा पृथ्वीराज एक बहुत बड़े राज्य का राजा था राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगता था वो बहुत उदास रहता था राजा की इस उदासी के कारण उसका मन राजकाज के कार्यो में नहीं लगता था जिससे राजकाज के कार्य प्रभावित हो रहे थे राजा पृथ्वीराज के दरबारी व मंत्री भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे एक बार राजा पृथ्वीराज के नगर में एक साधु आया साधु के ज्ञानपूर्वक उपदेश से राजा पृथ्वीराज बहुत प्रभावित हुआ राजा पृथ्वीराज ने साधु से पूछा मैं राजा हूं मेरे पास सब कुछ है किन्तु फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है मुझे क्या करना चाहिए साधु ने राजा की बात पर गौर किया और फिर कुछ सोचकर बोले राजन आप प्रतिदिन भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच में जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि प्रजा का क्या हाल है और आपका राज्य कैसा चल रहा है राजा ने साधु की बात मानी और प्रतिदिन भेष बदलकर प्रजा के बीच जाने लगा प्रजा के बीच जाने से राजा को पता चला कि प्रजा बहुत दुखी है उसके राजकाज के कार्यों में कम दिलचस्पी लेने की वजह से राज्य के अधिकारी लापरवाह और रिश्वतखोर हो गए हैं प्रजा को खाने को नहीं मिल रहा था खाने की चीज़ों के दाम बढ़ गए थे और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था यह सब जानकार राजा तुरंत सब कुछ भूल राजकाज के कार्यों में जुट गया ऋषवतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जमाखोरों के गोदामों पर छापे मारकर सारा माल जब्त किया गया राजा ने खुला दरबार लगाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा की समस्याएं सुननी शुरू कर दी और जितनी जल्दी हो सकता था उन समस्याओं का समाधान करने लगा प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा कुछ दिनों बाद साधु राजा पृथ्वीराज से मिला और पूछा राजन आपको कुछ शांति प्राप्त हुई राजा पृथ्वीराज बोले मुझे पूर्ण रूप से शांति तो नहीं मिली किंतु जब से मैंने अपनी प्रजा के दुखों के बारे में जाना है मैं उनके दुख निवारण में लगा हूं इससे मेरे मन को थोड़ी थोड़ी शांति मिल रही है तब साधु ने समझाया राजन आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है उस पर आगे बढ़ते जाए एक राजा तभी प्रसन्न रह सकता है जब उसकी प्रजा सुखी हो कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिस तरह से राजा ने अपना कर्तव्य निभाया और अपने मन को शांति दी उसी तरह हमें हर वो काम करना चाहिए जो हमारे कर्तव्य में आता है और हमें अपने परिवार अपने दोस्तों के लिए करना चाहिए हमें व्यर्थ की बातों को भूल अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना होगा